जय हिंद ये विज्ञान का पार्ट चार है जो लोग एक से तीन तक नहीं देखे हैं वो हमारे चैनल पर चले जाएं या फिर यहाँ पर एक आई बटन होगा वहाँ पर क्लिक करके हमारे वीडियोस पर पहुँच सकते हैं तो चलिए शुरू करते हैं आज का मॉक टेस्ट कमेंट बॉक्स में पूछे गए प्रश्न के साथ तो कमेंट बॉक्स में पूछा गया था पार्ट मात्रक है किसका था सा? आप सने दूरी का बी समय का सी प्रकाश की चमक का या फिर डी चुंबकीय बल का तो इसमें बताना था आप लोगों को कि पारसेक जो है वो मात्रक है दूरी का प्रश्न नंबर 11 रक्त दाब नापने के यंत्र का क्या नाम है ऑप्शन ए टेकोमीटर बी स्फाइग्नोमोमीटर सी एक्टिमीटर या फिर डी बायरीमीटर तो आप लोग पेपर पेन लेकर बैठिए लास्ट में बताइएगा आपसे कितने प्रश्न बने तो प्रश्न नंबर ग्यारह का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी इस इसफेग्नो रक्त रक्तदाब ने रक्तदाब मापने का यंत्र है प्रश्न नंबर बारह छः फीट लंबे व्यक्ति की ऊंचाई नैनोमीटर में कैसे व्यक्त की जाएगी ऑप्शन ए है एक सौ तिरासी गुड़े दस की पावर छः नैनोमीटर बी है दो सौ चौंतीस गुड़े दस की पावर छः नैनोमीटर सी है एक सौ तिरासी गुड़े दस की पावर सात नैनोमीटर या फिर डी एक सौ की पावर सात नैनोमीटर तो प्रश्न नंबर 12 का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी एक सौ तिरासी की पावर सात नैनोमीटर प्रश्न नंबर 13 है शक्ति का क्या मात्रक है ऑप्शन ए हर्ट्ज, बी वोल्ट, सी वाट या फिर डी न्यूट्रॉन। तो इसमें बताना है कि शक्ति का नापने का जो मात्रक है वो क्या है प्रश्न नंबर 13 का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी वाट अब आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है कि ओल्ट किसका मात्रक है इसको कमेंट बॉक्स में आपको बताना है कि ओल्ट किसका मात्रक है? प्रश्न नंबर 14 बल का मात्रक क्या है ऑप्शन ए फे बी फर्मी सी न्यूटन या फिर डी रदरफोर्ड तो प्रश्न नंबर 14 का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी न्यूटन प्रश्न नंबर पंद्रह कार्य का मात्रक है ऑप्शन ए जूल बी न्यूट्रॉन सी वाट या फिर डी डाइन तो प्रश्न नंबर चौदह प्रश्न नंबर पंद्रह का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए जूल प्रश्न नंबर सोलह दूध के घनत्व को किसके द्वारा मापा जाता है ऑप्शन ए लैक्टोमीटर, बी हाइड्रोमीटर सी बायरोटर या फिर डी हाइग्रोमीटर तो दूध के घनत्व को नापने के लिए जो यंत्र प्रयोग किया जाता है उसका नाम है लेक्टोमीटर लैक्टोमीटर प्रश्न नंबर सत्रह प्रकाश वर्ष इकाई है ऑप्शन ए दूरी का बी समय का सी आयु का या फिर डी प्रकाश की तीव्रता का प्रकाश की तीव्रता का प्रकाश वर्ष इकाई का ही की है ये बताना है आप लोगों को तो प्रश्न नंबर सत्रह का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए दूरी का प्रकाश वर्ष दूरी का मापने की इकाई है प्रश्न नंबर अट्ठारह सूची वन को सूची टू के साथ सम्मिलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कोट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए तो ए है उच्च व्यक्त बी है तरंग दर्ज सी दाब, डी ऊर्जा तो इसमें बताना है कि उच्च वेग किससे नापा जाता है तरंग दैर्ध्य किससे नापी जाती है दाब किससे नापा जाता है और ऊर्जा किससे नापी जाती है तो ऊर्जा जो होती है ऊर्जा को हम नापते हैं जोल से दाब को मापते हैं पास्कल से तरंग दैर्ध्य को नापते हैं एंगस्ट्रॉम से और उच्च वेग को नापते हैं मैक से तो इस प्रकार से ये पहले से ही मैचिंग है तो इस प्रश्न का सही उत्तर जो बनेगा कूट एक दो तीन चार बनेगा तो इस प्रकार से इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी एक दो तीन चार होते हैं ऑप्शन एक हज़ार सात सौ पचास सी सात सौ छियालीस या फिर डी सात सौ अड़तालीस तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी सात सौ छियालीस वाट प्रश्न नंबर बीस जूल ऊर्जा से उसी तरह संबंधित है जैसे पासकल संबंधित है ऑप्शन मात्रा से बेदबाव से सी घनत्व से डी शुद्धता से या फिर ई e, उपरुक्त में से कोई नहीं तो प्रश्न नंबर बीस का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी दबाओ प्रश्न नंबर इक्कीस निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है डेसिबल को डेसिबल ध्वनि की मापने की गाय है बिल्कुल सही है अशक्त शक्ति की गाय है बिल्कुल सही है समुद्री मील नौ संचालन में दूरी की इकाई है बिल्कुल सही है सेल्सियस उषमा की इकाई नहीं है सेल्सियस जो है कि इकाई है, है तो इस प्रकार से सेल्सियस का उषमा की इकाई से गलत संबंध है प्रश्न नंबर बाईस एक पिकोग्राम बराबर होता है आप सन्नी है दस की पावर माइनस छः ग्राम के बी है दस की पावर माइनस नौ ग्राम के सी है दस की पावर माइनस बारह ग्राम के या फिर डी दस की पावर माइनस पंद्रह ग्राम के एक पिको ग्राम होता है किसके बराबर प्रश्न नंबर बाईस का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी दस की पावर माइनस बाईस ग्राम के प्रश्न नंबर तेईस पास्कल इकाई है ऑप्शन है आर्द्रता की बी दाब की सी वर्षा की या फिर डी तापमान की तो पास्कल से दाप नापा जाता है तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी दाब प्रश्न नंबर चौबीस वायुमंडलीय दाब मापने की इकाई क्या है ऑप्शन ए बार बी नॉट, सी जूल या फिर डी ओम तो प्रश्न नंबर चौबीस का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए बार प्रश्न नंबर पच्चीस तेल का एक बैरल निम्नलिखित में से किसके बराबर होता है ऑप्शन ए एक लीटर बी एक लीटर सी एक सौ उन्यासी लीटर या फिर डी दो सौ एक लीटर तो एक बाइरल जो तेल होता है वो किसके बराबर होता है तो एक सौ उनसठ लीटर के बराबर होता है इस प्रकार से प्रश्न नंबर पच्चीस का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी एक सौ उनसठ लीटर प्रश्न नंबर छब्बीस लंबाई की न्यूनतम इकाई क्या है ऑप्शन ए माइक्रॉन बी नैनोमीटर सी एंगस्टर्म या फिर डी फर्मी प्रश्न नंबर छब्बीस का सही उत्तर होगा ऑप्शन डी फर्मीमीटर प्रश्न नंबर सत्ताईस पायर हीलियोमीटर का प्रयोग निम्नलिखित किसे मापने के लिए किया जाता है ऑप्शन ए सनस्पाट को बी सोलर रेडिएशन को सी हवा ताप को या फिर डी पौधों के ताप को तो प्रश्न नंबर सत्ताईस का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी सोलर रेडिएशन को मापने के लिए पायर हेलियोमीटर का प्रयोग किया जाता है प्रश्न नंबर अट्ठाइस माइनोमीटर के द्वारा किसकी माप की, की जाती है ऑप्शन ए वायु दाप की बी गैसों का दाब, सी द्रवों का घनत्व या फिर डी सतह पर तेल का दबाव तो प्रश्न नंबर अट्ठाइस का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी गैसों का दबाव प्रश्न नंबर उन्तीस सूची वन को सूची टू के साथ सम्मिलित कीजिए और सही उत्तर का चयन करिए तो जो अमीटर है अमीटर अमीटर से नापी जाती है धारा हाइग्रोमीटर हाइग्रोमीटर से नापा जाता है सापेक्षित आर्दता जबकि स्प्रिंग तुला से भार नापा जाता है और बैरोमीटर से दाब। तो इस प्रकार से जो कोड बनेगा ए का थ्री से और बी का फोर से थ्री फोर टू वन थ्री फोर टू वन इस प्रकार इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी थ्री फोर टू वन प्रश्न नंबर तीस निम्नलिखित तापमान किसके द्वारा मापा जाता है ऑप्शन ए एल्कोहल थर्मामीटर बी थर्मामीटर, सी अधिकतम पठन थर्मामीटर या फिर निम्नतम पठन थर्मामीटर तो प्रश्न नंबर तीस इस मॉक टेस्ट का आखिरी प्रश्न था